नमस्कार दोस्तों जय हिंद आप सभी का स्वागत है चलिए आज चलते हैं करेंट अफ़ेयर्स के पार्ट टू पे और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि आपके जो भारतीय सशस्त्र सेना प्रमुख हैं उनमें कौन कौन हैं उनके बारे में हम लोग सीखेंगे चलिए जैसे कि आप जानते हैं कि तीन सेनाएं होती हैं कौन कौन सी एक तो होती है आपकी थलसेना दूसरी वायुसेना तीसरी नौ सेना ठीक है तो सभी सेनाओं के अलग, अलग अलग प्रमुख बनाए जाते हैं जो इनकी देखभाल करते हैं है ना तो इनकी देखभाल करने के लिए सभी सेनाओं के प्रमुख बनाए जाते हैं तो होता क्या है कि इनके प्रमुख पूछता है क्वेश्चन में है ना तो उसी को हम लोग देखते हैं कि चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च सेनापति कौन होता है यानी तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है तो होता है भारत का राष्ट्रपति कौन होता है भारत का राष्ट्रपति जो कि वर्तमान में आपके कौन है रामनाथ कोविंद जी हैं चलिए आगे चलते हैं अब रामनाथ कोविंद जी से संबंधित कुछ मोह महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम लोग सीख लेते हैं जान लेते हैं जैसे कि आपके जो राष्ट्रपति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनता है वो है आपका अनुच्छेद बावन के अंतर्गत ठीक है सफद कितने में होती है इनके अनुच्छेद 60 के अंतर्गत होती है और महावियोग यानी कि इस पर जो हम लोग हमको हटा सकते हैं किसी पद से उनके पद से तो हम लोग अनुच्छेद एक के अनुसार हटा सकते हैं और यदि कोई बंदी है जो जिसको मृत्युदंड मिला है तो उसको मृत्युदंड खत्म कौन करवा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करवा सकते हैं वो भी किसके अनुसार अनुच्छेद बहत्तर के अनुसार क्लियर चलो अब चलते हैं कि पहली बार भारत में चीफ डिफेंस को नियुक्त किया गया है पहली बार भारत में चीफ डिफेंस को नियुक्त किया गया है तो ये कौन है तो ये हैं आपके जनरल बिपिन सिंह रावत ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका गोविंद जी हो गए ठीक है इसके बाद आपके ये दूसरे नंबर पे विपिन रावत जी हो गए ठीक है चलिए अब ये जो बने हैं ये पहली बार बने हैं भारत में तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं है क्या ठीक है थीके? तो पूर्व ये इससे पहले जो आपके जनरल थे वो कौन थे विपिन सिंह रावत जी थे तो पूर्व जनरल विपिन रावत को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बनाया गया है चीफ डिफेंस स्टाफ प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर भारत सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करेगा यानी कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्रालय है, इन दोनों के साथ समझौता करके बातचीत करके बहुत सारे जो मुद्दे हैं सुरक्षा तो को लेकर उन पर ये बातचीत कर सकते हैं ठीक है चलिए यही इनका काम है और जो कि वर्तमान में कौन है भूपेंद्र सिंह रावत जी हैं ठीक चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका है थल सेना प्रमुख तो थल सेना प्रमुख हैं आपके मनोज मुकुंद नरवने कौन है मनोज मुकुंद नरवने जी हैं जो कि 28 नंबर के हैं यानी 28वें नंबर के हैं ये नंबर आप बिल्कुल ध्यान रखें और ये कौन है मनोज मुकुंद नरवने ठीक नेक्स्ट है आपके वायुसेना प्रमुख जो कि आपके आर के एस भदौरिया यानी राकेश सिंह भदौरिया है ये आपके वायुसेना प्रमुख है इसके बाद आपका है नौसेना प्रमुख जो कि आपके एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं और ये चौबीस नंबर के हैं ठीक है तो आपको फ़ोटो में दिखा दें आपके ये हैं आपके रामनाथ कोविंद जी हो गए आपके ठीक है इसके बाद जनरल बिपिन रावत हो गए इसके बाद आपके ये कौन हो गए इसके बाद आपके ये हैं राकेश सिंह भदौरिया सॉरी मनोज मुकुंद नवाने हैं ये हैं ये मनोज सिंह मुकुंद नरवाने हैं ये राकेश भदौरिया जी हैं और ये कर्मवीर सिंह लाम्बा हैं क्लियर है चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे आगे है आपका निर्वाचन आयोग ठीक है तो निर्वाचन आयोग से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जान के चलो कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा हंड्रेड वन परसेंट आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ठीक है इस पर मेरा पूरा भरोसा है है ना तो देखिए इससे कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं देखते हैं क्या है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं अभी अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं ठीक है इससे पहले जो थे आपके सुनील अरोड़ा जी थे कौन थे सुनील अरोड़ा जी थे आपके इससे पहले ठीक है और अगर हम पहले सबसे पहले भारत के जो पहले चुनाव है तो उसकी अगर हम बात करें तो वो थे आपके सुकुमार सैनजी थे ठीक है क्लियर चलिए नेक्स्ट आपका कि भारत के उपचुनाव सॉरी चुनाव आयुक्त कौन है तो चुनाव आयुक्त आपके राजीव कुमार इससे पहले जो आपके सुशील चंद्रा जी थे ये आपके चुनाव आयुक्त में थे ठीक है इसके बाद अब अगर बात करें आगे तो ये है आपका उपचुनाव आयुक्त उपचुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है तो ये आपके पाँच साल के नियुक्त किया गया है इनको ये उमेश सिन्हा चंद्रभूषण सुदीप जैन और आशीष चंद्रा जी करके हैं ठीक है तो अब चुनाव निर्वाचन आयुक्त से संबंधित कुछ रियल फैक्ट हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है जैसे कि यहाँ पर दिया है भारत निर्वाचन आयोग के बारे में ठीक है कि यहाँ पे संघ राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए इसका उपयोग किया जाता है यानी कि भारत में दो चीज़ें हैं एक तो संघ हैं एक राज्य है ठीक है उनमें जो संवैधानिक चीज़ें हैं वो किसके अंदर में आती हैं आपके निर्वाचन आयोग में आती हैं ठीक है तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो पच्चीस जनवरी उन्नीस को संविधान के अनुसार की गई थी जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये एक क्वेश्चन तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें भारत का निर्वाचन आयोग तो इसकी स्थापना आपकी पच्चीस जनवरी 1950 को हो गई थी ठीक है जिस जिसपे मतदाता दिवस के रूप में से मनाया जाता है चलिए आगे चलते हैं और आगे है आपका इसमें दो चीज़ें तीन चीज़ें रह रहती हैं क्या रहती हैं लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा और देश के जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति होते हैं इन सभी के चुनाव कौन करवाता है ये सभी के सभी चुनाव आपके निर्वाचन आयोग करवाता है ठीक है इसके अलावा जो आपका जो राज्य का होता है ना एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है ठीक है जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है इसमें राज्य पंचायत और नगर के चुनाव को करवाता है कौन ये राज्य निर्वाचन आयोग इसमें जो होता आपका जो भारत का निर्वाचन आयोग उसका कोई लेना देना नहीं होता है चलिए अब इससे संबंधित कुछ आ, आपके अनुच्छेद हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है भारत का जो भाग है ये भाग्य पंद्रमा कौन सा भाग है भाग्य पंद्रमा जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है और भाग पंद्रमा ठीक है अनुच्छेद है आपका तीन सौ चौबीस से तीन के बीच में और यहाँ पर दिया है कि भारत में निर्वाचन आयोग के संदर्भ में दिया गया ठीक है चलिए आगे चलते आग हैं कि अनुच्छेद 325 के अंदर में क्या आता है कि धर्म जातिल के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए आयोग नहीं ठहरने का प्रावधान है ठीक है यानी कि सभी को यहाँ पे बरीता दी गई है चलिए अगला है आपका लोकसभा तीन में क्या है कि लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो यानी कि जो भारत में आपकी जो मत डालने की आयु है ये आपकी पहले थी आपकी इक्कीस वर्ष कितनी थी इक्कीस वर्ष हुआ करती थी लेकिन लेकिन ये अब कितनी हो गई है ये अब हो गई है 18 वर्ष वर्तमान में आपकी आयु कितनी 18 वर्ष हो जाती है तो आप वोट डालने के योग्य हो जाते हैं ठीक है और आगे चलते हैं आगे है हाँ आपका आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है ये सर्वोच्च न्यायालय करता है और ये जो इसका कार्यकाल होता है छः वर्ष या पैंसठ साल ठीक है यानी जो पहले पड़ जाए वही होता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं निष्खासा इसका निस्खा देख लेते हैं इसको इस्तीफा कौन दे सकता है या इसको बर्खास्त कौन कर सकता है किसको निर्वाचन आयुक्त को तो ये या तो खुद इस्तीफा दे दें या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनको हटाने की प्रक्रिया की जाती है ठीक है चलिए तो भाइयों ये था हमारा छोटा सा वीडियो और आप लोग इस पर कमेंट